भोपाल के थाना अरेरा हिल्स में ऊर्जा डेस्क की शुरुआत की गई ऊर्जा डेस्क का उद्घाटन पुलिस आयुक्त मकरंद देवस्कर ने किया इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे भोपाल के अरेरा हिल्स थाने में ऊर्जा डेस्क यानी अर्जेंट रिलीफ एंड जस्ट एक्शन की शुरुआत की गई ऊर्जा डेस्क के शुभारम्भ के दौरान पुलिस आयुक्त मकरंद देवस्कर ए सचिन नतुलकर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे इस दौरान पुलिस आयुक्त मकरंद ने कहा कि ऊर्जा डेस्क इस क्षेत्र की पीड़ित महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा हेतु इस ऊर्जा डेस्क की शुरुआत की गई है उन्होंने बताया कि भोपाल के सभी थानों में अब महिला डेस्क है आपको बता दें कि नवगठित महिला डेस्क में पीड़ित महिलाओं के बैठने की व्यवस्था पानी वोटिंग रूम के साथ अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं ऊर्जा डेस्क का आरंभ किया गया है और उल्लेखनीय यह है कि ऊर्जा डेस्क पुलिस कमिश्नरेट भोपाल के सभी थानों में उपलब्ध है सिवाय अरेरा हिल्स के तो आज वह कमी भी दूर हो गई है क्योंकि तो अरेरा हिल्स थाना नवगठित थाना रहा है तो इस कारण अभी ऊर्जा डेस्क शुरू की गई है मुझे विश्वास है कि इस थाना क्षेत्र में रहने वाली आ, महिलाओं के लिए ये आ, महिलाओं के लिए आ, ये एक आ, एक बहुत ही उपयोगी साबित होगा मैं मैंने आ, 14 साल महिला थाने में दिए हैं अभी कंटिन्यू मैं कोतवाली थाना मंगलवारा थाना और चार थाने देखती हूँ महिलाओं पे बढ़ते अत्याचारों को हम बहुत कोशिश करते हैं कि रोका जाए मगर रुक नहीं रहे हैं। क्योंकि वजह ये इतनी महिलाओं को अवेयर किया जा रहा है उतना ही मुझे लग रहा है क्राइम बढ़ता जा रहा है पर बहुत से हम लोगों ने ऐसे जी समूह बना बना के महिलाओं को निकालने की कोशिश की है काफ़ी महिलाएं इसमें अवेयर हुई हैं और निकली भी हैं मैंने खुद जब मैं फैमिली काउंसलर थी महिला थाने में तो मैंने बारह केस कंप्रो कराए हैं और आज वो लोग सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं